लिए यूनिट दिया जा रहा है तो मैं बिटिया को अगली बार आप भी आएंगे अभी हम सबको जो मंत्र लेखन कर सकते हैं उनको मंत्र लेखन तो सबको ही दे रहे हैं पेन सबको ही दे रहे हैं जो का पास है एक एक कॉपी एक्स्ट्रा दे रहे हैं बाकी सबको एक एक मंत्र लेकर देंगे जो मंत्र लिख सकते हैं ले जाकर करके उसको रद्दी में फेंक दे तो उसको मत लेना क्योंकि उसका अपमान होता है ना तो एक, एक पेन अभी जो कि सबको देखे हम लोग आते जाए लाई से ये एक एक दिन ये पूरी लिखना है सुंदर राइटिंग में है ना दैट इज डन चलो ओके वो खाली है अभी वन बाय वन आते चल भर दे उसको उसको भर दे तो उसको लेके आ जा आ जा यहां खड़े से वातस्त वि तुम्हारी भर दो ये मचती ये मैदान मंत्र लेखन सब सबको करना है ना ना ये मंत्र मंत्र लेखन कि मंत्र लेखन किताब इसीलिए दे रहे हैं कि अपनी दिनचर्या में का रोज आपको है एक आ आ आ जाए बच्चे आते जाओ ले जाओ आ आ जाओ आ जाओ आप भी आओ आप आजाओ आजाज हाँ बेटा आजा क्या रे अच्छा चलते हाँ बेटा आओ, बेटा आया शोभा ने बस आप शादी पाठ कर रहे हैं दो लगा दो मिनट हो बस ये सब हुआ ये समापन कर रहे हैं आप आ जाओ तू आ जाओ जय आ जाओ आप जैसे आ जाओ बेटा